बहुत परेशान हो बहुत बहुत बहुत, बहुत बहुत बहुत कैसे हुआ गए नहीं आया योगा वाला आदमी हाँ, अचान से भी लोग सिखाते बॉम्बे गए दो हजार 2005-6 में तो जब उधर गए थे ना उधर वाला भाई कैम था लगातार ने एडवाइस किया था थे। बड़ी बड़ी कुछ भी नहीं थी या। 58, 59 यानी कि दो महीने और होते, आ, 59। मम्मी तभी ठीक है नहीं नहीं पर की बात उनके अब कम बच्चे कितना देख सकते हैं हो तो कैनो वो सीनियर बट उसे मैं ये देता हूं और परफेक्टली तो हाथ से कर सही में मैं मैं थोड़ा ना रहा करते हूं परफेक्ट बट उसकी अभी से स्टेपर बहुत थैंक यू द शोल्डर्स का कंपेंसेट कर रहा है हां ये इसके तरफ मेरा प्रेप्टेबल दिन में रहे मैं थोड़ा से फेर मैं थोड़ा खुदो करता रहता हूं तो। सही में इस तरफ दिन भर करना क्या गर्दन यूं गर्दन में ऐसा नहीं पाए तो क्या क्या करके दी गर्दन गर्दन नहीं करना चाहिए इसको बस बस शोल्डर रोटेट करना चाहिए जब भी दिक्कत हो ना हां शोल्डर गर्दन का धीरे-धीरे टिरियो चलती है हां रिलैक्स कट-कट बोलते रहने पर आ उस तरह कट-कट कर बोलते रहते हो बोरलेस स्टार्ट स्टार्ट नहीं ये ये नहीं अब ये वाला कर रहे हैं बस में चलो तो हम्म बहुत ज्यादा कर चुकी है इजी oh, nice. oh, भाई साहब ये ये मैंने वीडियोस में देखा है हो गया आज पहली बार जब भी आएगा दस पंद्रह दिन में एक बार जरूर आना है ठीक है ताकि बॉडी और ज़्यादा खुल सके ओके भाई साहब